मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों को समझ फिर से एम क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ आज हम लोग वर्दसवीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग अभौतिकी से पाठ एक प्रकाश का प्रावर्तन एवं उपवर्तन से सीरीज दो लेकर के उपस्थित हूँ क्योंकि इसके पहले हमने सीरीज वन बना दिया है आप मेरे चैनल के प्ले में जा करके देख सकते हैं प्रथम सीरीज में जो है हमने सभी प्रश्नों की व्याख्या किया था करने का मतलब है हमने प्रकाश के बारे में बताया था प्रकाश की विशेषता बताई थी ठीक है उसके बाद जो है प्रकाश पुंज किसे कहते हैं प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं इन सभी का अध्ययन किया गया था छाया का अध्ययन किया गया था पारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ का अध्ययन किया गया था के बारे में हमने आपको बताया था तो सीरीज एकद होना चाहिए प्रकाश के प्रावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे प्रकाश के प्रावर्तन कितने तरह से होते हैं उसका अध्ययन करेंगे प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम है वह अध्ययन करें प्रतिबिंब क्या है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं वास्तविक प्रतिबंध और आभासी प्रतिबिंब क्या अंतर है और विपरीवर्तन एवं अध्ययन करेंगे प्रयास कीजिए आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि हम लोग जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं वह व्याख्या सहित आपने कहा था कि सर आप जो वीडियो बना रहे हैं हमको व्याख्या सहित हम लोग पढ़ाइए इससे हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो मैंने सोचा कि आप सभी विद्यार्थियों के जो है जो कॉमेंट्स है जो फोन थे जो आपने फोन करके कहा कि सर हम लोग को वीडियो चाहिए और व्याख्या सहित हमें उस व्याख्या सहित मैंने जो है आपको जो है आपके समक्ष में उपस्थित हूँ तो आप जरूर जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए इस सीरीज को ध्यान से देखिए तो आते हैं आज के जो मुख्य सीरीज है उसको समझते हैं ठीक है ठीके? तो आज हम लोग सीरीज दो में जो है पार्ट टू में जो है हम लोग प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रावर्तन प्रकाश का प्रावर्तन किसे कहते हैं हम जो भी चीजें बताएंगे व्याख्या सहित बता रहे हैं इसमें आपको बहुत सारे वश्प भी आएंगे तो आप जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखिए बिना स्किप प्रयास हम तो लोग पढ़ेंगे क्या तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में प्रकाश के प्रावर्तन एवं अपवर्तन में सबसे पहला पॉइंट क्या है तो सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश का प्रावर्तन यानी प्रकाश का प्रावर्तन किसे कहते हैं इसको हम लोग समझेंगे तो प्रकाश का प्रावर्तन किसे कहते हैं यह जानने का प्रयास कीजिए याद रखिये किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के खड़ने ठीक है किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी सतह से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस तरह की घटना को ही प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं याद हुआ प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश का प्रावर्तन किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की खेड़े जब किसी सतह से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस तरह की घटना को ही प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह प्रश्न का आंसर समझ में आया है या प्रकाश का प्रावर्तन किसे कहते हैं इसके लिए हमने एक चित्र बनाया है यहाँ पे बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा हो तो अब आपको ये बातें समझ में आ गई है कि प्रकाश का प्रावर्तन कैसे कहते हैं हम जो भी प्रश्न का एंसर बोल रहे हैं या हम जो भी प्वाइंट पढ़ा रहे हैं आपको उसका एंसर जो लिखते देगा, आप जरूर उसको देखिएगा तो आप जरूर जो है इस को देखने का अगर आपको लगता है कि ऐसा ही प्रश्न इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है और आपको यह व्याख्या समझ में आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ठीक है फिर से प्रश्न को समझ लेते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं तो याद रखिएगा किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश के जब किसी सतह से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस तरह की घटना को ही प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आई है तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर पॉइंट की ओर तो दूसरे नंबर पॉइंट में क्या पढ़ना है कि प्रावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार प्रकाश का प्रावर्तन कितने प्रकार के होते हैं समझ में आया दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है कि प्रावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार प्रकाश का प्रावर्तन कितने प्रकार के होते हैं एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा कि सतह की प्रकृति के अनुसार प्रकाश का कितने प्रकार के होते हैं तो इसका आंसर होगा कि सतह की प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है या प्रकाश के प्रावर्तन के दो प्रकार हैं ठीक है पहला नियमित प्रावर्तन और दूसरा अनियमित प्रावर्तन आंसर फिर से सुनेंगे आंसर होगा कि प्रावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार प्रकाश का प्रावर्तन के दो प्रकार होते हैं पहला नियमित प्रावर्तन और दूसरा अनियमित प्रावर्तन आपके एग्जाम में वशनिष्ठ प्रश्न में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार प्रकाश का प्रावर्तन के कितने प्रकार है तो इसका आंसर होगा दो प्रकार है तो वशनिष्ठ प्रश्न में भी यह प्रश्न पूछा जाता है अगर यह प्रश्न जो है दो नंबर का पूछे तो हम लोग कैसे लिखेंगे तो इसको समझते हैं तो दो नंबर में प्रश्न पूछा कैसे जाएगा हम आपको बता देते हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार प्रकाश के प्रावर्तन के कितने प्रकार है और वह कौन कौन है व्याख्या करें ठीक है ऐसा प्रश्न पूछेगा दो नंबर का पूछेगा यार छः नंबर का प्रश्न पूछ देगा क्योंकि फिजिक्स में जो है भौतिकी में जो है वर्ग दसवीं क्लास के एग्जाम में जो है छः नंबर का जो है प्रश्न पूछ रहा है आखिर जो प्रश्न पूछ रहे हैं दो नंबर प्रस्त है और एक नंबर करके प्रश्न पूछ रहे हैं और दूसरा जो प्रश्न जाएगा लघु समझते हैं प्रावर्त सत्ता की प्रकृति के अनुसार अगर यह प्रश्न दो नंबर का पूछे तो कैसे लिखेंगे तो आपके एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रावर्तक सत्ता की प्रकृति के अनुसार प्रकाश का प्रावर्तन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन वर्णन कीजिए तो आप कैसे लिखेगा तो लिखेंगे कि प्रावर्तक सत्ता के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का प्रावर्तन दो प्रकार के होते हैं पहला नियमित प्रावर्तन अर्धूसर अनियमित परावर्तन अब नियमित परावर्तन किसे कहते हैं अब यह बात समझ में आ गई होनी समझनी चाहिए आपको कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं तो याद रखिएगा कि वैसा वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करता है यह बात समझ वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करता है ठीक है ध्यान रखिए जब भी आप नियमित प्रावर्तन को डिफाइन कीजिएगा नियमित प्रावर्तन की परिभाषा लिखिएगा तो इस चित्र को जरूर बनाइएगा जो हमने यह बोर्ड पे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र को आपको जरूर बनाना है इस चित्र को जब तक नहीं बनाइए तब तक आपको दो नंबर नहीं मिलेंगे तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि नियमित प्रावर्तन किसे कहते हैं अगर ऐसे करके पूछा जाए सिंपली अगर परिभाषा के रूप में अगर यह दो नंबर का प्रश्न पूछता और प्रश्न पूछ देगा कि प्रावर्तक सत्ता की प्रकृति के अनुसार प्रकाश का प्रावर्तन कितने प्रकार के होते हैं ठीक है तो आप डायरेक्ट डे बोलिएगा कि प्रावर्तक सत्ता की प्रकृति के अनुसार प्रकाश का प्रावर्तन दो प्रकार के होते हैं ठीक है पहला नियमित प्रावर्तन और दूसरा अनियमित प्रावर्तन नियमित प्रावर्तन किससे कहते हैं जब एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो कैसे लिखना है आपको बनाना है तो नियमित प्रावर्तन किससे कहते हैं वैसी चिकनील सता जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को, को नियमित रूप से परावर्तित करता है तो वैसे परावर्तन क्या कहते हैं नियमित प्रावर्तन कहते हैं तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के ओर तो दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है अनियमित प्रावर्तन तो अनियमित परावर्तन किसे करते हैं तो वैसी चिकनी हम सतह, तो। वैसी चिकनी और रुखड़ी सतह। तो। जैसे उसका हम चित्र बना रहे हैं यह दोनों फिगर आपको बनाना है ठीक है यह दोनों चित्र जो है आपको बनाना है ठीक है यह नियमित यह जो है अनियमित परावर्तन के लिए चित्र है ये जो चित्र दिख रहा है यह अनियमित परावर्तन के लिए आपको यह चित्र बनाना है ठीक है याद रहेगा ये जो चित्र जो दिख रहा है यह अनियमित परावर्तन के लिए बनाना है किसके लिए अनियमित अनियमित परावर्तन के लिए यह चित्र बनाना है ठीक है और ये जो चित्र जो है नियमित परावर्तन के लिए बनाना है नियमित परावर्तन तो यह बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि हमें यह जो तस्वीर दिखाई दे रहा है आपको यह ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर जो है या व्हाइट बोर्ड पर जो आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है यह चित्र को जो है आपको नियमित प्रावर्तन के लिए बनाना है और ये जो चित्र दिख रहा है यह चित्र जो है आपको अनियमित प्रावर्तन के लिए बनाना है तभी आपको दो नंबर मिलेंगे प्रश्न पूछा जाएगा कि अनियमित प्रावर्तन कैसे कहते हैं या दो नंबर के प्रश्न पूछ दिया कि वर्णन कीजिए तो आप कैसे करोगे अनियमित प्रावर्तन दो नंबर देकर कैसे लिखोगे तो वैसी चिकनी एम रुखड़ी सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाशकिरणों को अनियमित रूप से क्या करती है परावर्तित करती है तो वैसी परावर्तन को अनियमित प्रावर्तन कहते हैं प्रश्न पूछा जाएगा कि अनियमित प्रावर्तन किसे कहते हैं तो आप कैसे जवाब दीजिएगा वैसी चिकनी एवं रुखड़ी सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को अनियमित रूप से परावर्तित करता है तो वैसे प्रावर्तन को अनियमित प्रावर्तन कहते हैं समझ में आया आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर तो आज का अगला पॉइंट क्या है इसको समझते हैं तो पहले हम समझेंगे कि आपत्तिक किरण किससे कहते हैं फिर परावर्तित किरण किससे कहते हैं आपतन बिंदु किसे कहते हैं आपतन कोण क्या है प्रावर्तन कोण क्या है अभिलंब क्या है इसको भी जानना जरूरी है तो जो भी विद्यार्थी जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बातों को भी ध्यान से समझिए बिना स्किट के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपतित किरण किसे कहते हैं याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाएगा कि आपतित किरण किसके कहते हैं तो, तो याद रखिएगा वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है ठीक है वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है समझ में प्रश्न पूछा जाएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा स्थित कि वह बिंदु तो पर पर जहां पर आपतित किरण पड़ती है आपतन बिंदु बिंदुता है प्रश्न पूछा जाएगा याद रखिएगा दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ती है समझ मारा है दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रावर्तित किरण प्रश्न पूछेगा कि प्रावर्तित किरण किसे कहते हैं तो याद रखिएगा कि दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं वह किरण जो दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो वैसी किरण को परावर्तित किरण कहते हैं तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई है प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रावर्तित किरण किसे कहते हैं आप क्या कहेगा कि दर्पण के सतह से टकरा करके यानी वह किरण जो दर्पण के सतह से टकरा वापस लौट जाती है तो वैसी किरण को परावर्तित किरण कहते हैं तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई है फिर से बोल दें कि प्रावर्तित किरण किसे कहते हैं वह किरण जो दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो वैसी किरण को प्रावर्तित किरण कहते हैं समझ में आ गया? अब हम लोग समझेंगे अभिलंब तो अभिलंब किसे कहते हैं आपके एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा कि अविलंब किसे कहते हैं आप तो क्या कहेगा कि वह सीधी रेखा जो आप बिंदु पर लंब होता है समझ में आ रहा है ना वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होता है वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होता है अभिलंब कहलाता है याद हो गया प्रश्न पूछा जाएगा कि अभिलंब किसे कहते हैं तो आपको क्या बताया बताना है कि वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होता है अभिलंब कहलाता है तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे अगले पॉइंट की ओर अगला पॉइंट क्या है आपतन कोण तो प्रश्न पूछा जाएगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं याद रखिएगा कि, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है बात समझ में आ रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है आपतन कोण कहलाता है इसे प्रायः I से सूचित किया जाता है देखिए यहाँ पे I दिख रहा होगा आपको दिख रहा है आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं इसे आज से सूचित किया जाता है समझ में आ गया चलिए अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर तो अगला पॉइंट क्या है प्रावर्तन कोण तो प्रावर्तन कोण किसे कहते हैं तो याद रखिएगा कि प्रावर्तित किरण एवं अविलंब के बीच आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है उसे प्रावर्तन कौन कहते हैं इसे प्राय आर से सूचित किया जाता है समझ में आ गयात किरण एवं अविलंब के बीच आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है उसे प्रावर्तन कोण कहते हैं इसे आर से सूचित किया जाता है तो आशा करते हैं कि आपको इस चित्र में इस समतल दर्पण में जो है यह जो चित्र बनाया गया है आपतित किरण प्रावर्तित किरण आपतन बिंदु आपतन कोण प्रावर्तन कोण अविलंब इन सभी के बारे में आपको ये बातें समझ में आई है जो हमने आपको समझाया है यही व्याख्या है जो आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आप सभी बातों को जरूर याद रखिएगा और आप कॉपी कलम निकाल कर बैठिए और उसको लिखते चलिए या उसका नोट्स बनाते चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की ओर तो अगला पॉइंट क्या है तो इसको समझते हैं तो प्रकाश के प्रावर्तन के कितना नियम है ठीक है अब हम लोग अगले पॉइंट में क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश के प्रावर्तन का नियम तो याद रखिएगा कि प्रकाश के प्रावर्तन के दो नियम होते हैं प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन यह प्रश्न दो नंबर का पूछा ला, जाता है आपको जो उस दोनों नियम को लिखना है और उसके साथ साथ इस चित्र को भी बनाना है अगर आप इस चित्र को नहीं बनाइएगा तो आपको जो है दो नंबर नहीं मिलेंगे और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आप जरूर यह सभी प्रश्नों को ध्यान से समझिए और व्याख्या को ध्यान से समझिए प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश के प्रावर्तन का कितना नियम है और कौन कौन भी, भी चीज है या भी आई प्रश्न है आपको इस चीज को याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जरूर आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा मेरे साथ बने रहिए और साथ ही साथ जो है इस पूरे वीडियो को बिना स्क्रिप के देखने का प्रयास कीजिए इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम हैं अगर यह प्रश्न दो नंबर का पूछता है तो कैसे पूछेगा तो प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन वर्णन कीजिए आप क्या करोगे लिखोगे कि प्रकाश के प्रावर्तन के दो नियम हैं पहला आपत किरण प्रावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं समझ में आ गया आपतित किरण प्रावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और दूसरा नियम आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होते हैं इसलिए कोण आई बराबर क्या होगा कोण आर होगा आप इतना लिखिएगा उसके बाद यह चित्र बनाइएगा आपको दो नंबर मिल जाएंगे समझ में आ गया क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कहता है जब भी आप एग्जाम लेने जाइएगा तो लिखा रहता है एग्जाम के, के जो आपको आंसर सीट मिलेंगे जो कॉपी लिखने के लिए मिलेगा उसके ऊपर लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दें तो आप जो भी प्रश्न के आंसर याद कर रहे हैं उसकी भाषा अपनी होनी चाहिए न कि किताब की, की भाषा समझ रहा है इसलिए इस चीज़ को समझिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा कि प्रकाश के प्रावर्तन का कितना नियम है तो आप क्या कहोगे कहोगे कि प्रकाश के प्रावर्तन का दो नियम है पहला आपतित किरण प्रावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं इसलिए कोण आय बराबर कोण आय उसके बाद यह चित्र बनाइएगा ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इससे आपको फायदा मिलेगा तो यह चित्र बनाइएगा और उस नियम को लिखिएगा तभी जो है आपको दो नंबर मिलेंगे तो आशा करते हैं कि आपको प्रकाश के परावर्तन समझ में आ गया है अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें इंपोर्टेंट हैं और उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल पर बने रहिए तो बढ़ते अगले नंबर पॉइंट की ओर तो अगले नंबर पॉइंट क्या है प्रतिबिंब अर्थात प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणें प्रावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही मालूम पड़ती है उसे पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं ये बातें समझ में आ गई आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब किससे कहते हैं आप बताइएगा कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणे प्रावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही मालूम पड़ती है समझ में किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणे प्रावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही मालूम पड़ती है उसे पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं इतनी बातें समझ पाए इतनी बातें समझ पाए चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखिएगा कि प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं ये बातें समझ में आ गई ये बातें समझ में आई अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या कहिएगा कहिएगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं पहला ध्यान देखें देंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं पहला वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब या आभाषी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब ये बातें समझ में आ गए बातें समझ में आए ये बातें समझ में आए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं ठीक है आपके एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो आप क्या कहेगा तो याद रखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणे प्रावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटांग के फलस्वरूप जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं ये बातें समझ में आगे आपके एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो आप क्या कहेगा कहिएगा कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणे परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान के फलस्वरूप जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं उसके लिए हमने एक चित्र बना दिया है एक औरतल में जो है हमने इस चित्र को बनाया है समझ में आ गया प्रश्न पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो क्या कहेगा किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणे प्रावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान के फलस्वरूप जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई हैं। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो आप क्या कहिएगा कहिएगा कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणे प्रावर्तन या अपवर्तन के बाद काल्पनिक कटान के फलस्वरूप जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न हो काल्पनिक या तो आप, तो आप बताइएगा कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरण जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है यहां से प्रकाश की निकल रही है ठीक है बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरण ठीक है प्रावर्तन या अपवर्तन के बाद काल्पनिक कटान का के फलस्वरूप जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं जैसे देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे जो इमेज बन रहा है यहाँ पे यह कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और यह जो दर्पण है यह समतल दर्पण है चीज समझ में जो दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, तो है. तो काल्पनिक प्रतिबंध तो ही बनता है तो ठीक है चीज याद और कि काल्पनिक प्रतिबिंब किससे कहते हैं या बताना है किसी बिंदु या प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरण प्रावर्तन या अपवर्तन के बाद काल्पनिक कटान के फलस्वरूप काल्पनिक कटान के फलस्वरूप जिस प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं समझ में है आ गया कि आशा करते हैं कि आपको यह काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या पढ़ाया अभी तो हमने पढ़ाया कि प्रतिबिंब किससे कहते हैं प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभाषी प्रतिबिंब उसके बाद हमने पढ़ा है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो यह सारी चीजें आपको समझ में आया होगा और आपने जो है इस क्षेत्र को भी समझा होगा तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर अगले टॉफिक की ओर अगला नंबर पॉइंट आपका स्क्रीन पर यह रहा तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर तो अगला पॉइंट क्या है तो अगला पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा तो आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें करने का मतलब हम लोग अगले पॉइंट में जो है वास्तविक प्रतिबिंब और आभाषी प्रतिबिंब में अंतर पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ठीक है तो इस चीज को याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग भी वी कहते हैं ठीक है, भेरी भेरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर आप इस चीज को याद कर लीजिएगा आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया यानी इससे प्रश्न हर साल पूछता है या तो अंतर पूछेगा नहीं तो इससे वर्ष में प्रश्न पूछेगा तो आप जरूर इसको याद रखिएगा ठीक है प्रश्न क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभाषी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें समझ में आया प्रश्न क्या था कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें तो इसका आंसर होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा अभासी में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है पहला क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक जबकि आभाषी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बनता है यह बात समझ में आ गई पहला पॉइंट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बनता है दूसरा पॉइंट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है ये बातें समझ में आ गया दूसरा पॉइंट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है जबकि आभाषी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है यह बात समझ में आया या सीधा बनता है दूसरा पॉइंट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है समझ में आ गया समझ में आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको नोट करते चलिए तीसरा पॉइंट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है याद हुआ वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता यह प्रश्न दो नंबर का था, था आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए सभी पॉइंट को ध्यान से पढ़िए सुनिए ध्यान से आपको याद हो प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है ठीक पर है चौथा पॉइंट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है समझ में आया प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है फिर से प्रश्न का आंसर कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभाषी प्रतिबिंब में, तो में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे एक तरफ आभासी प्रतिबिंब लिखेंगे और बीच में उदग्र रेखा खींचेंगे बात समझ में आ गया अब वास्तविक प्रतिबिंब पहला पॉइंट क्या लिखेंगे तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बनता है। दूसरा पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है तीसरा पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है जबकि भाषी प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है चौथा पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है जबकि आभाषी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई है ये इसके अंतर समझ में आ गया है अब प्रश्न एग्जाम में वस्तु निष्ठ प्रश्न कैसे पूछा जाएगा यह प्रश्न जो है वस्तु प्रश्न के रूप में भी पूछे जाते हैं ये अंतर तो कैसे पूछे जाएंगे तो प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा प्रतिबिंब है जिसको पर्दे पर उतारा जा सकता है प्रश्न पूछा जाएगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है तो आपको याद होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब है जिसको पर्दे पर उतारा जा सकता है तो कौन सा प्रतिबिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब और प्रश्न पूछा जाएगा किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है तो उसका आंसर क्या होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है तो ये समझ में आ प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता तो है तो याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है ये बातें समझ माए यह बातें समझ माए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है बात समझ में आया काल्पनिक पत्र हमेशा कैसा बनता है सीधा बनता है तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है और आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा बातें समझ में आ गई और अच्छा लगेगा तो अगर आप बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो जरूर आपको ये बातें समझ में आएंगी चलिए अब बढ़ते हैं इसमें कुछ और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबंध हमेशा कैसा बनता है तो उल्टा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है तो सीधा बनता है प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब समझ में आ गया तो आशा करते हैं कि आपको इसका अंतर और इसके सारे वर्ष प्रश्न समझ में आ गए बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी मित्रों को सभी दोस्तों को मेरे तब से बेस्ट अपलक जय हिंद